डिंडोरी में पानी की समस्या को लेकर गांव की महिलाओं ने कलेक्टर के नाम आवेदन दिया महिलाओं ने कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हुए गांव में नल जल योजना के तहत घर घर नल लगाए जाने की मांग की है उनका कहना है कि पानी की समस्या के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए डिंडोरी में पानी की समस्या के चलते महिला एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंची और कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा की गाँव में शादी विवाह दश जैसे कार्यक्रमों में पानी की समस्या और बढ़ जाती है वही मकान बनाने के लिए भी पानी के लिए अनेक जगह भटकना पड़ता है गर्मी आने से पहले ही पानी की समस्या आ जाती है जबकि अभी गर्मी बहुत दूर है महिलाओं ने कहा गांव में नल जल योजना भी नहीं है इसलिए उनकी मांग है कि गांव में नल जल योजना के तहत घर घर नल लगाए जाएं। सुखा रैय से आए हैं हम लोग हमें सबसे ज्यादा पानी की समस्या है हम कलेक्टर के पास अपना अपना समस्या लेके आए हमारा कलेक्टर के पास सबसे ज्यादा हमें पानी की समस्या है और हम अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचा सकते पानी के समस्या के कारण और हमें हर घर में जल योजना हर घर में नल लगना चाहिए हर आंगन में हर लोगों को और पानी बर्तन लड़कियां तो बहुत काम पड़ते हैं और पानी लड़क पाता है तो कितना टाइम रोटी चाहिए और पानी है तो निजी खंडवाएं हैं जो बोर पैसों में देते हैं तीन सौ में खरीदी करते हैं पानी और कभी पैसा नहीं रहे हमारे पास में तो भाई पानी वाले तो दवा बताते हैं भाई कौन दी फ्री में पानी पियन कु कितना दूर से लाते हैं और फिर रोग बीमार वाले हम चलने नहीं सकें कुंव से अब झराझरा के लाते हैं छोटे छोटे बच्चा नाती पोता खिलाते हैं और जो कोई कि पानी भराइया नहीं रहा है तो पानी, पानी तक, तक नहीं रहे पर ने से देखो तो भाई गुंडी पानी तुम कब पानी दे देंगे कब के अब